दोस्तों क्या आपने या आपके दोस्तों ने या चाचा मामा माओसा ने नया बिजनेस शुरू किया है स्टार्टअप किया है तो उन्हें ये मोटिवेशनल स्पीच जरूर सुनाइए कि कि कि संयम ही संख्या बढ़ाता है कस्टमर की और दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा कि आप दुनिया भर में छा जाएंगे वंदे मातरम